देखिए इनको रोका गया देखिए इनको रोका गया भाई साहब हेलमेट क्यों जा रहे हैं इमरजेंसी आ, आ रहे हैं तो इमरजेंसी में हेलमेट और ज्यादा जरूरी है ना कहीं आप जा रहे हैं तो हेलमेट तो बहुत ज्यादा जरूरी सुरक्षा के लिए सबसे तो ज्यादा वही पे रुक जा रहे हैं लोग कुछ लोग वहीं पे रुक जा रहे हैं कुछ लोग उधर रुक जा रहे हैं इससे क्या फायदा होगा लोगों को फायदा सब बना लेंगे लाइसेंस नमस्कार जय हिंद अभी मैं बांके बाजार थाना पे स्थित हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं आते समय यहाँ पे चेकिंग लगाई गई है पुलिस की पूरी गश्ती लगाई गई है और जरूरी है चेक अभियान चलाना लगातार यहाँ पे पुलिस द्वारा प्रयास किया जाता है कि चेकिंग अभियान किया जाए जिससे यहाँ के जनता थोड़ा जागरूक हो और हेलमेट वगैरह पर भी ध्यान दिया जाए सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं किस तरीके का चेकिंग लगाई गई है आज हेलमेट चेक किया जा रहा है कागज चेक किया जाता है लाइसेंस जी और जिसके पास नहीं होता है तो चालान का। काटा जाता है और डीगी प्लस बॉडी सब चेक किया जाता है तो जो देख के लोग वहीं पे रुक जाते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जैसे आप चेकिंग यहां पे देख रहे हैं तो लोग वहीं पे रुक जा रहे हैं उसके बारे में क्या तो कहना चाह रहे हैं अरे उधर से फिर रुक के फिर आते हैं थोड़े देर के बाद हेलो थोड़ी देर के बाद देखिए लोग यहाँ पार हो रहे हैं लेकिन देखिए रोकने के लिए तैयार नहीं पार हो गई ये एक और लोग आ रहे हैं देखिए क्या कहते हैं ये चेक होती है नहीं होती है देखिए यहाँ पे लोग आ चुके हैं और गाड़ी को रोका गया है लेकिन इनको जाने को अलाउ कर दिया गया है जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है और भी कोई लोग है देखिए यहाँ पे आए हेलमेट पहने हुए हैं इनको जाने के लिए अलाउ कर दिया देखिए जो जेन्यन लोग हैं उनको नहीं रोका जा रहा है जो बिना कागज बिना हेलमेट के पार हो रहे उन्हें रोका जा रहा है और भी हमारे यहाँ सर मौजूद हैं जो कि वहाँ पे पर्ची काट रहे हैं मैं उनसे भी कुछ बात करूँगा और लोग देखिए लोग आ रहे हैं छूट गया देखिए जस्ट यहीं पे से आ रहे हैं आप ऐसा गलती प्लीज कभी ना करें और आप देखिए देखिए यहाँ पे दिखाइए यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाई गई है और देखिये यहाँ पे लोग रोक दिए गए हैं और यहाँ पे जो है लोग कह रहे हैं कि गलती से छूट गया लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा जो है सो ना वहाँ भी रुक जा रहे हैं लोग और सर उद्रे, उद्रे, उद्रे सर जो है थोड़ा सा आपसे कमेंट जानना चाहेंगे सर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा सर जी हेमलेट पहनेंगे सुविधा होंगे कोई घटना नहीं घटेगा जी देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है वो बिल काटा जा रहा है और जो है सो देखिए किस तरीके का चेकिंग हर थाने पे होना चाहिए क्योंकि यदि थाना पे चेकिंग होगी तभी जो है सो यहाँ पे लोगों में जागरूकता आएगा और लोगों जो है बात को समझेंगे देखिए भाई साहब जा रहे हैं हेलमेट पहन के जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा जो जिनविन है उनको नहीं रोका जाता है देखिए ये लोग सारे हेलमेट पहन के जा रहे हैं किसी तरीके का कोई जो है रोक टोक नहीं है लेकिन जो जो बिना रूल के चल रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है मेरा प्रयास आपको कैसा लगा देखिए एक भाई साहब वहीं पर रुक गए हैं देखिए ये भाई साहब ट्रिपल लोडिंग हैं और बिना हेलमेट के हैं वहीं पर रुक गए हैं अब वो आएंगे तो उन्हें रोक लिया जाएगा देखिए इस तरीके के जो है यहाँ पे हालात हैं और दिखाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जागरूकता तभी आएगी जब हम लोग दिखाएंगे और जब तक हम नहीं दिखाएंगे हमें नहीं लगता है जागरूकता आएगी और आ, मैं लगाता, लगातार लगातार प्रयास करता रहता हूँ इस तरीके की चीज़ दिखाने के लिए लो, जि, जिससे लोगों में जागरूकता है मेरा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब